हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में तो दोस्तों अगर आप भी टेंथ क्लास में पढ़ते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ठीक है क्योंकि एग्जाम में इस तरह के सवाल लगभग पूछते हैं ठीक है थीके? वैसे मैं यहाँ पर जो है 2018 के क्वेश्चन नंबर सत्रह को लिया हूँ ठीक है अगर आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो आप जो है दो के क्वेश्चन नंबर सत्रह देख लीजिएगा ठीक है आपको यहाँ पर, यहाँ पर यह क्वेश्चन बिल्कुल मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर जैसा की सवाल दिया गया है वाई के किस मान के लिए बिंदु दो माइनस तथा दस वाई के बीच की दूरी 10 इकाई होगी यानी कि यहाँ पर जो है बीच का दूरी दिया गया है कितना दिया गया है 10 इकाई दिया गया है जिसमें कि पहला बिंदु दिया गया है 2 3 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कितना 10 और y दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर जो है हमें क्या कर लेना है सबसे पहले जो भी बिंदु दिया गया है उस बिंदु को हमें लिख लेना है दो और माइनस पहला बिंदु है और दूसरा बिंदु क्या है दस है और क्या है वाई है ठीक है और ये लिखने के बाद उसके बाद हमें तुरंत लिख देना है इससे हम क्या मानेंगे x1 मानेंगे हाँ याद रहे कि एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ठीक है अगर लिखना ही है तो x1 बराबर लिख दीजिएगा और y1 बराबर लिख दीजिएगा ठीक है वैसे मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको इस तरह से एरो देकर लिख रहा हूँ ठीक है तो ये हो गया क्या चीज एक्स तो ये हो गया हमारा वाई ठीक है उसी तरह ये दूसरा वाला बिंदु है तो यहाँ पर एक्स देते हैं और इसे हम क्या कर देते हैं वाई दे देते हैं ठीक है तो यहाँ तक इतना करने के बाद हमें क्या कर देना है कि बीच का दूरी वाला सूत्र लगा देना ठीक है तो दूरी का सूत्र जो होता है आपको पता ही होगा दूरी सूत्र क्या होता है ठीक है तो दूरी सूत्र होता है भाई साहब x2 टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 टू माइनस वाई का होल स्क्वायर ठीक है ये होता है सूत्र होता है किसका होता है भाई साहब दूरी सूत्र होता है ठीक है और यहाँ पर दिया हुआ है जैसा कि दूरी बराबर 10 दिया हुआ है तो दूरी जहां पर लिखा हुआ उधर हम क्या कर देते हैं 10 लिख देते हैं ठीक है फिर बराबर अंडर रूट अंडर रूट देने के बाद देखिए भाई साहब यहाँ पर जो हमें x2 x1 का वैल्यू रख देना है तो x2 का वैल्यू कितना है 10 है तो दस फिर माइनस एक्स है एक्स का वेल्यू कितना है दो ठीक है तो इसका होल स्क्वायर फिर प्लस वाई टू माइनस वाई वन है तो वाई टू का वैल्यू कितना, कितना है वाई है फिर माइनस वाई वन का वेल्यू कितना है ठीक है आगे हमें क्या करना है कि यहां से हमें रूट खत्म करना है तो रूट खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है तो दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब क्या हो गया इधर जो लिखा हुआ है बराबर के लेफ्ट साइड में 10 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा फिर बराबर इधर हमें एक कोस्ट दे देना है उसके अंडर में जो भी है उसे हम लिख देना है हमें लिख देना ठीक है तो 10 में से दो गया कितना बचेगा भाई साहब आठ बचेगा आठ का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है फिर प्लस वाई है तो वाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थ्री है तो थ्री उसका स्क्वायर ठीक है और यहाँ पर एक बार हॉल ये स्क्वायर और ये रूट ये दोनों क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा बिल्कुल ठीक है तो बचा क्या दस का स्क्वायर तो दस का स्क्वायर मतलब कितना हो गया एक सौ हो गया ठीक है फिर बराबर आठ का स्क्वायर मतलब आठ गौठी कितना हो गया चौसठ फिर प्लस यहाँ पर जो है हमें क्या कर देना है की ए प्लस का होल स्क्वायर में तोड़ देना ठीक है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई साहब ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर बी में कितना है थ्री है थ्री का स्क्वायर फिर प्लस उसके बाद क्या होता है टू ए बी तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है y और b का वैल्यू कितना है तीन है तीन दे देते हैं ठीक है थीके? उसके बाद इधर कितना है 100 फिर बराबर चौसठ है तो चौसठ फिर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर फिर प्लस तीन का स्क्वायर मतलब कितना हो गया तीन तिया नौ फिर प्लस तीन दुनी छाई ठीक है अब इसे अच्छी तरह से लिख देते हैं सजा के तो यहां पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर ठीक है उसके बाद प्लस छ वाई उसके बाद देखिये यहाँ पर चौसठ भी प्लस में और नौ भी प्लस में ठीक है तो दोनों को जोड़ लेते हैं तो चौंसठ और नौ को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई साहब तिहत्तर हो जाएगा ठीक है उसके बाद ये 100 जो है ये प्लस में है बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में 100 हो जाएगा ठीक है उसके बाद क्या होगा? Y स्क्वायर, फिर प्लस फिर हमें क्या करना है कि 100 में से तिहत्तर को क्या कर लेना है घटा लेना तो है ठीक है तो घटाएंगे तो कितना होगा भाई साहब वैसे तो ये किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा यानी कि घटाने के बाद हमें कितना बचेगा यहाँ पर 27 बचेगा ठीक है अब बराबर क्या हो गया जीरो हो गया ठीक है अब हमें इनका क्या करना है गुणनखंड करना है ठीक है तो चलो अब इसका हम क्या कर लेते हैं गुणनखंड कर लेते हैं ठीक है थीके? तो क्या चीज है वाई स्क्वायर प्लस छाई माइनस सत्ताईस बराबर जीरो ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि गुणनखंड करना है तो गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है इसका एल्शियम लेके और इधर वाले भी अगर इधर भी अंक है तो इधर भी जो भी अंक है उसका एल्शियम लेके दोनों का एल्सियम लेके या तो पहले गुना कर देते हैं गुना करके भी जितना होगा उसका एल्सियम लेकर हमें ये बीच वाले मिड प्वाइंट को हमें क्या करना है या तो जोड़ के या तो घटा करके लाना है ठीक है तो वैसे यहाँ पर कितना है सताइस है सताइस का एल्शियम अगर हम करते हैं कहीं पर ठीक है तो सताइस का एल्शियम करते हैं तो पहले तीन से खिलाना पड़ेगा ठीक है उसके बाद कितना से तीन से लाना कितना भाई साहब हमें छ लाना ठीक है तो तीन गुने तीन करेंगे तो कितना हो जाएगा नौ नौ में से तीन को घटाएंगे तो कितना बचेगा छ बचेगा ठीक है तो हमें यहाँ पर लिखना क्या चीज है y स्क्वायर ठीक है यहाँ पर क्या है प्लस नाइन फिर माइनस थ्री फिर माइनस सताइस ठीक है ये चीज हमें क्या कर देना है लिख देना ठीक है थीके? उसके बाद हमें क्या कर लेना है कॉमन कर लेना है ठीक है तो ये दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा वाई फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा क्या बचेगा वाई बचेगा फिर प्लस है तो प्लस यहाँ पर भी वाई और वाई खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा नौ बचेगा ठीक है अब ये दोनों में क्या कॉमन आने वाला है सबसे पहले तो भाई साहब माइनस को कॉमन ले लेते हैं ठीक है उसके बाद ये दोनों में से तो तीन कॉमन आएगा क्योंकि तीन जो है भी आ जाएगा और तीन का तीन का पहाड़ा में सताइस भी आ जाएगा यानी कि दोनों में में से तीन कॉमन आ जाएगा ठीक है तो आगे हमें क्या करना है कि माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तीन और तीन भी खत्म हो जाएगा बचेगा क्या वाई ठीक है आगे माइनस यहाँ पर भी माइनस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है उसके बाद सताइस को तीन से भाग देंगे कितना हो जाएगा भाई साहब नौ ठीक है अगर गुण में इधर वाले और ये इधर वाले दोनों अगर सेम मिल गया तो सोच लीजिए हमारा ये सवाल जो है बिल्कुल सही है ठीक है तो आगे हमें क्या करना है कि लिख देना है यानी कि ये दोनों सेम है इसमें से कोई एक को लिख देना है y प्लस नाइन उसके बाद क्या बचा है y माइनस थ्री लिख देना ठीक है अब बिल्कुल सिंपल है आगे हमें क्या कर लेना है कि ये दोनों पॉइंट को अलग अलग करके लिख देना है ठीक है अलग अलग कैसे करेंगे जैसे वाई प्लस नाइन और क्या हो जाएगा वाई माइनस जीरो हो जाएगा ठीक है उसके बाद हमें क्या कर लेना है कि ये वाई बराबर ये प्लस नाइन है उधर जागर क्या हो जाएगा माइनस नाइन फिर ये वाई माइनस थ्री है ठीक है तो वाई बराबर ये माइनस थ्री है उधर जागत क्या हो जाएगा प्लस थ्री तो हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर जो पॉजिटिव यानी कि जो प्लस में रहता है उसी का मान्य का वेल्यू रहता है यानी कि वो जिसका मान धनात्मक रहता है उसे ही हम क्या करते हैं कि सही एंसर मानते हैं यानि की जहां पर वाई है वाई के जगह में कितना होगा तीन होगा, ठीक तो तो तो तो अच्छा हो, तो जिससे की हमारा मनोबल बढ़ सकेगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दीजिएगा बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक और कमाल के एपिसोड के साथ नई जानकारी के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा नमस्कार